तो गईस चले पानीमूर देखते हैं और चलते हम सब पानीमूर पानी मोर लेट्स गोलकम टू पानी अभी हम लोग पानीमूर मोर में अभी अभी पता है चलो गईस तो आज थोड़ा सा नजारा देखेंगे पानीमूर का तो गईस लोग वीडियो का आन तक जरूर देखिए तो गए पहले हम लोग खाना होना बनाने जागर में माल पत्र के आते हैं सामान और चलिए थोड़ा वीडियो भी बनाते जाएंगे तो गैस इधर हमने ऑरेंज ले, ले रखा है ब्रेकफास्ट के लिए तो अभी टाइम दस बज गया हम लोग निकले थे सुबह छः बजे को चार द्वार से तो गैस चलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए तो गैस बहुत ज़्यादा आदमी है तो आज संडे है तो बहुत ज़्यादा आदमी लोग आ रहे हैं ऑफिस स्कूल वगैरह भी नहीं होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आदमी है तो देख सकते हैं आप लोग कैसे पूरा गाड़ी और ऊपर में भी है गाड़ी हम लोग हमें शर के आ गया तो बहुत ज़्यादा गाड़ी है गई तो गई इधर देख सकते दुकान वगैरह लोग तो बहुत आदमी है तो चलिए हम लोग जा रहे हैं अभी पिकनिक पर हम लोग खाना बनाएगा वहीं तो हम लोग बहुत दूर से आए हैं खाना बना के तो खाना पड़ेगा तो गैस हम लोग बहुत दूर तक आ गया अभी तक नहीं मिला है पता नहीं सर लोग कहाँ पर सुस किया है जगह जगह खाने के लिए सामने में नहीं है बहुत दूर है जब पार्किंग से तो हम लोग अभी जा रहे हैं आ गया देखो देखो पानी मो ओ मो के रे किन कत गयो सर को जल्दी जाना इन नी ए क्वात्रु कि लावे मेरि दानी न मेरि लाचा नाच मेरि दानी इबले देसै बिलो पानी मु किमान खुस करे आसेले अमू दिली पाइ जानसा किमान खुस करिलु गैस हमारा खाना सब्जी और हम लोग अभी घूमने जाएगा। गैस देख सकते हैं अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा गाड़ी से आया था ना बहुत दूर से तो ऐसा तो तो करने आया था यहाँ पर तो देख सकते हैं। गैस देख सकते हैं पानी और दोस्त अभी पूजा करेगा तो थोड़ा सा पूजा करेगा बोल रहे दोस्त पानी मूर के जेगा ये रहा हम लोगों का टीम तो चलो so guys, अब हम लोग उधर पे जाने वाला है yeah. देखेंगे आप लोगों को तो वीडियो का इंटेक्ट जरूर देखिए तो वैश आप लोग देख सकते हैं आदमी तो कितना आदमी है वो डांस करो देगा डांस करेंगे तो इस प्लेस तो बहुत अच्छा है लेकिन जगह जगह में थोड़ा थोड़ा सा करना है अब नहीं जाते ओ क्या जागे तो हम लोग वापस इधर इधर से गए घूम के जाएंगे। गया आदमी तो बहुत है, बहुत सारा आदमी है। भाई भाई देख सकते हो नीचे। पीएम तो गाइस देख सकते हैं आदमी बहुत ज्यादा इतने हो यार आकाशेंद्र गाइस देख सकते हैं तो गाइस हम लोग का इसको जो फैमिली यहां पे आ चुका है स्कूल स्टूडेंट भाई देख सकते है तो बहुत सुंदर है तो तो हमको लेकिन नाऊ में जाने मन हो रहा है पता नहीं जो जाने देगा कि नहीं देगा एक बार परमिशन ले के देखोग दे। तो पानी तो बहुत सुंदर है लेकिन हम लोगों को नीचे जाने नहीं दे रहे शाहजो क्या करो अभी मत जाओ बोला तो जाने नहीं सकता गैस अभी इधर घूमने जा रहे हैं प्लस कैसे पता नहीं है तो अभी दिखेंगे गैस सोचा था कि उधर कुछ जगह वगैरह होगा तो गेट है उधर आगे नहीं जाएंगे चलो घूमते हैं तो गैस अभी हम लोग खाना खा रहे हैं तो गैस दिखाने के लिए कुछ भी जगह नहीं है तो वो तरफ फुल we